जय हिंद आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीफैक्स हिंदी में आज के ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मेनुपलेशन किया जाता है मैनुपलेशन का मतलब होता है कि किसी भी आप अलग अलग टुल्ले के जो भी एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके से जैसे कहीं से पहाड़ लिया कहीं से झरना लिया या कहीं से कुछ लिया कहीं से घर लिया और उसको सभी को मिक्स करके एक इमेज को बनाना इसको मेन्यूपलेशन कहते हैं तो मैन्यूपलेसन के आज के जो ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे क्या बल्ब लेंगे और बाटर लेंगे और एक सर्फर लेंगे मतलब जो पानी पे सर्फिंग करते हैं उनको लेंगे तो उन्हें सर्फिंग करते हुए बल्ब में दिखाई देंगे मतलब हम उनको जो डिजाइन बनाएंगे उसको सर्फिंग को बल्ब में बनाएंगे जैसे आप इसमें इमेज में देख पा रहे हैं यही हम डिजाइन आपको आज बना के दिखाएंगे इस प्रकार से बनती है तो हमारे चैनल जी हिंदी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिए तो सबसे पहले यहां करते हैं हमारे जो ट्रेड है उसको स्टार्ट और पिक्चर आर्ट में जाके एक बैकग्राउंड का कलर चूज कर लेते हैं जो भी आप कलर अपना पसंद करें उसको आप चूज कर लें कलर चूज करने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले जो भी आपका जो साइज है उसको ले लें साइज के बाद जो आपका बेस है मतलब हमारे जो बल्ब में बनाने हैं हमको जो भी बनाना है सारी चीजें बल्ब के अंदर बनानी है तो हमने सबसे पहले बल्ब को चूज किया और बल्ब को जो क्लीन बल्ब है मतलब हम अपनी डिजाइंस बनाएंगे तो एकदम क्लीन बल्ब जो है उस बल्ब को चूज करेंगे तो सबसे पहले हम एक क्लीन बल्ब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यहाँ पे बहुत से बल्ब पहले से हैं जिनमें अलग अलग डिजाइंस बनी हुई हैं पर हम यहाँ पे सिर्फ क्लीन बल्ब को अपने चूज करेंगे तो सबसे पहले हम एक क्लीन बल्ब लेते हैं उसके बाद हम लेंगे वाटर और उसके बाद लेंगे हम जो हमारा सर्फ़र है उसको तो आप अभी देखिए कि किस प्रकार से हम इसको मतलब अभी क्या था कि हमारा हद्दा दिख रहा था बल्ब कि जो कांच था वो कांच चमक नहीं रहा था तो हमने यहाँ पे थोड़ा हल्का अमाउंट बढ़ाया इसकी हाईलाइट बढ़ाई और हमारे अपने कांच को थोड़ा जो चमका दिया अब उसको जो प्रॉपर साइज़ दे देंगे मतलब जो जिस एंगल पर रखना है कि आपको ये लगे कि आपका बिल्कुल बैकग्राउंड में ब्लेंड कर जाए मतलब बैकग्राउंड पे सेट हो जाए तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको एकदम सेट कर दिया और अब लेंगे वाटर वाटर क्या लेंगे जो एकदम से रिफ्लेक्ट होता हो मतलब जिस पर सर्फिंग की जा सके तो जैसे ये पानी है तो इसको हमने क्या किया इसके जो पीछे के हिस्सा और आगे के हिस्से इसमें मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए तो उस हिसाब से उतना साइज इसका रखा और अनवान्टेड जो बल्ब से वहाँ पार्ट है पानी का उसको हमने कर दिया इरेज जो ज्यादा इरेज हो गया उसको बाद में ब्रश से हम करेंगे और हमेशा ज्यादा ही इरेज करें क्योंकि अंदर की साइड से फिर ब्रश चला के हम उसको कंप्लीट कर देंगे तो हमने पहले इरेज किया अब अंदर की साइड से ब्रश चला के कंप्लीट कर दिया अभी नीचे की साइड कुछ कोर्दर्स हमें हल्का शार्प लगा अगर कोई चूंग करके देखता है तो वहां पर थोड़ी सी कमी हमें महसूस होगी तो हमने क्या किया उसका फिर साइज बढ़ा लेते हैं हल्का सा बहुत मामूली साइज बढ़ाया और उसको वहाँ पे ब्रश हमने दोबारा से चला के उसको पूरी तरीके से ब्लेंड कर दिया अब पहले से बेहतर है और जो बाकी पोर्शन जहाँ पे भी आउट निकल जाए मतलब हमारे जो वल्ब के कांच के बाहर निकल जाता है उस पोर्शन को आप हटा सकते हैं इनकी चमक वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं मैंने एडजस्ट नहीं की क्योंकि वीडियो फिर बहुत लम्बा हो जाएगा यहाँ पर हम सरफ़र को अब रुतुए हमने यहाँ सरफ़र मतलब जो सर्च किया स्टीकर में यहाँ सारे स्टीकर पिक्चर आर्ट में मिल जाते हैं तो हमें जो सर्फर की ज़रूरत थी वो पहले ही नंबर पे आ गया मतलब जो हमारा बैकग्राउंड का कलर था सॉरी उसका वाटर का कलर था उसमें ही वो सर्फिंग कर रहा है तो हमने उसको क्या किया छोटा करके मतलब ऐसा ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो वाल्व से बाहर निकल जाएगा तो हमें और पानी कहाँ वल्ब के अंदर है तो ये चीज़ सब इमेजिन करके आपको बनानी है तो इसका जो हल्का सा शेडो हमने क्या किया ब्लू जो उसका पानी कलर वही सैडो दे दिया तो ये हमारी डिज़ाइन जो थी वो वर के तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से तो इसको आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं चाहें तो आप एक साइडो नीचे लगा दें मतलब जो एक होल साइडो होता है स्टीकर जो कोई चीज़ कहीं पर रखी होती है उसकी जो परछाई होती है वो उसके रूट पे होती है तो उसको रख के ओपेसिटी उसकी कम कर दो तो हल्की सी वो ये लगेगा रियलिस्टिक लगेगा मतलब साइडो हमेशा सा किसी भी जो एलिमेंट होते हैं उसको रियलिस्टिक बताते हैं और जो थ्री में कन्वर्ट करते हैं तो उनको साइडो को ही यूज़ किया जाता है अलग अलग सैडो है एक्सट्रोड है और सारी चीज़ें यूज की जाती हैं तो यहाँ पे हमने सैडो यूज किया अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ टाइपिंग मतलब टाइपोग्राफी करेंगे जो अपना नाम वगैरह है वो सब लिखेंगे तो उन सब के लिए आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप यहीं तक सीखना चाहें तो यहीं तक आप सीख सकते हैं तो आपसे हमारी काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कीजिए जय हिंद जय भारत आप पूरा वीडियो देख के जाइए क्योंकि आपको अगर अपने एलिमेंट्स पर लिखना भी है अगर कुछ टाइपिंग भी करनी है अगर आपको टाइपिंग नहीं आती आप जब टाइप करते हैं मोबाइल से तो आप अगर बेहतर नहीं लिख पाते हैं आपको अच्छा नहीं लिखा जाता अक्सर लोग लिखते हैं जब मोबाइल से तो उनका मतलब अजीब सा लिखा जाता है पर हम आपको प्रोफेशनल तरीके से जो लिखा जाता है वो हम आपको दिखाएंगे हमने सबसे पहले ब्लैक कलर लिया उसको हो दिया और सैडो दे के उसको हल्का सा स्ट्रोक देके के वो कर देंगे ब्लेंड करते ही आपको उसमें फ़र्क दिखने लगेगा ब्लैंडिंग में क्या होता है कि अलग अलग आपका जो स्टाइल है अलग अलग उभर के आने लगती है तो हमने ब्लैंड किया हल्का सा और कलर चेंज करके देख लिया जो कलर हमें प्रॉपर अच्छा लगा उसी कलर को हमने छोड़ दिया तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है टाइपोग्राफी एक अलग लेसन बनाएंगे हम पूरी उसमें फिर जानकारी हल्का हल्का मतलब एक लगभग आधा घंटे की वीडियो बनेगी तो उस पर सारी जानकारी आपको हम देंगे अब जैसे कि ये अब आप, आप टेस्ट लिखते हैं तो आपका अजीब लिखता जाता है पर हमने जो लिखा है एकदम थ्री टेक्स्ट लिख चुका हूँ और यहाँ पर मैन्यूपलेसन को हमने छोड़ा कर दिया एकदम से और मैन्यूपलेसन छोटा करके उसको फिर हम क्या करेंगे हल्का सा वाइट देके और उसको फिर मतलब ब्लेंड कर देंगे स्क्रीन में ब्लेंडिंग और साइडो और फोनट इन तीनों पे डिपेंड करता है कोई चीज़ मतलब जो टाइपिंग होती है वो यहीं पे आपके पास फोन